हेलो एंड नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बारहवीं की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक आ, इससे पहली बुक का मैंने रिव्यू डाल रखा है और प्राइस भी उसमें बता रखा है आप जाके चेक कर सकते हैं और मैं आज इस बुक के बारे में बताना चाहता हूँ तो ये बुक कितने की आती है वो हम देखते हैं और यहाँ पर जो है वो इसका प्राइस लिखा है एक सौ चालीस और मेरे को एक सौ चालीस की नहीं 130 की की है एक सौ तीस की पढ़ी बल्कि ये आप भी थोड़ा डिस्काउंट ले सकते हैं और ये आई एस के नहीं है बारहवीं के नहीं बहुत अच्छी बुक है तो इसमें पूरे भारत की जानकारी दी हुई है मतलब स्वतंत्र भारत में राजनीति नाम दिया हुआ है तो ये पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक है बारहवीं के बच्चों के लिए ऐसा है ना कि कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन कौन सी बुक है तो उन्होंने इसलिए हमने इस सेशन चला रखा है